हेलो दोस्तों सब कैसे उम्मीद करता हूं सब भी अच्छे होंगे जहां भी होंगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की काफी महत्वपूर्ण क्लास जिसे मूल ढांचा बोलते हैं या बेसिस, बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से आप लोग इसको जानते होंगे हम लोग देखेंगे कैसे मूल ढांचे का सिद्धांत आया और आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इन सभी चीजों के बारे में हम लोग सब विस्तार में बात करेंगे और ये आपको पार्ट नंबर ट्वेंटी वन देखने को मिलेगा जिन लोगों ने प्रिवेश क्लासेस नहीं देखी है वो लोग जाकर के देख सकते हैं कल हमने संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा था फिर कई सारे आपको मेन्स के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लिखाए थे आज भी आपको सेम आपको पहले हम पीटी के परपस से इसको पढ़ेंगे फिर आपको मेन्स के परपस से बाद में आपको लिखाया जाएगा इसके अंदर क्योंकि यहाँ से मेस का तो क्वेश्चन अक्सर बन जाता है वो पीटी का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन आगे है एक बार मैसेज करिए और आप लोग प्लीज क्लास बिल्कुल भी मिस ना करिए क्योंकि ये क्लासेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है देखिए अभी हम आप लोगों को तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाते जैसे आप लोग मैसेज मैसेज करते हैं तो उसमें टाइम नहीं दे पाते क्योंकि आपको पता है 120 दिन का नॉनस्टॉप हमने चैलेंज निकाला है जिसमें आप लोगों के लिए नोट्स पे प्रोवाइड कराने हैं और 120 दिन के अंदर ही हमको पूरा, -पूरा का पूरा यूपीएससी का सिलेबस है उसके नोट्स बनाने हैं और कोई भी टॉपिक उसमें छोड़ना नहीं है इसलिए हम बहुत ज़्यादा समय उधर देते हैं आजकल बहुत कम भी सोते हैं तो पूरे दिन पढ़ाई में ही गुजर जाता है क्योंकि उसमें नोट्स बनाने बहुत समय लगता है पढ़ना बहुत ही आसान है बहुत जल्दी खत्म कर देंगे पढ़ करके लेकिन नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है हालत ख़राब हो जाती है वो लिखते, लिखते लिखते और लिखने में बहुत टाइम लग जाता है उसको डिजाइन करना है अपने अनुसार किस तरह से लिखना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोग आकर के क्लास जरूर ज्वाइन किया करिए देखिए नमीन है वो भी आगे हैं गुड इवनिंग पेरे गुड इवनिंग अमित है और यहाँ पर स्पीडी स्टार हैं वो भी आगे हैं सुमन शेखर हैं और इंडियन फैक्ट हैं सभी लोग आगे हैं ओके लाइक कर दीजिए कर दी सभी लोग बोल रहे हैं आज आज सभी लोग लाइक कर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सभी लोगों के लिए गुड इवनिंग और राधे राधे जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं ओके और देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण सूचना है जैसे कि देखिए शाम को आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो हमें कल परसों से कई सारे मैसेज आए थे वैसे तो हमेशा से बोला जाता है की क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए लेकिन क्लास का टाइम हम बहुत दिनों से चेंज नहीं कर देते आप लोग बताइएगा वैसे तो मतलब हम हमने कई सारे स्टूडेंटों से जो क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे जो मैसेज करते थे उनसे कॉल करके भी पूछा था सभी की समस्याएं क्योंकि परसों वाले दिन हमारे पास में मतलब परसों वाले दिन हमने क्लास नहीं ली थी तो बहुत लोगों से बात किए थे हम तो आप लोगों में से भी कई लोग कॉल किए होंगे तो उनसे भी बात हुई थी जैसे विशाल से भी हमारी बात हुई थी और बहुत सारे लोग थे जिन नाम तो हम भूल जाते हैं तो उन सभी से बात हुई थी तो देखिए ये जो क्लास होती है सांभाली क्लास से तीन बजे अगर कर दी जाए बहुत लोग तीन बजे करने का आ, बोल रहे थे क्योंकि शाम को बहुत सारे लोग हैं जो खाना बनाते हैं या फिर खाना खाते हैं या फिर मार्केट जाते हैं शाम को सभी लोग छः बजे कुछ ना कुछ कार्य करते हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं वैसे तो हमने सोचा है कि तीन बजे से पढ़ा सकते हैं कोई समस्या वाली बात नहीं है हमको लेकिन आप लोग भी बताइए जो लोग ऑनलाइन रहते हैं उनका व्यू जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप लोग ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप लोग ऑनलाइन रहते हैं और जो लोग ऑनलाइन नहीं रहते हैं वो तो कोई कुछ भी क्या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ओके तो चलिए आप लोग बताइएगा कि कोई समस्या ना हो तो तीन बजे समय कर दिया जाएगा क्योंकि शाम को बहुत सारे काम होते हैं और गांव में जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं उनका नेट भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है शाम को तो आप लोग अगर बताएंगे तो समय चेंज कर दिया जाएगा ओके और ये कब से होगा अगर होगा तो सोमवार से होगा ये आप लोग बताएंगे तब होगा ऐसे नहीं हमारी मर्जी से अकेले नहीं होगा ओके तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर सुमन शेखर बोल रहे हैं मत कीजिए सर प्रियंका हैं वो भी आ गए हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग यहाँ पर इंडियन यानी कि अमित हैं वो कह रहे हैं थोड़ा सा बिजी हैं सीजीएल के एग्जाम में कोई बात नहीं अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिएगा नहीं सर ओके प्रियंका बोल रही है ओके ओके तो चलिए हम बोटिंग करा लेंगे कोई समस्या वाली याद नहीं आप लोग मत परेशाना वैसे छह बजे भी हमें कोई समस्या नहीं है हमको तीन बजे भी कोई समस्या नहीं है हम तो आपको किसी भी समय पढ़ा सकते हैं ओके बस कुछ लोग बोल रहे थे तो इसीलिए हमने सोचा कि एक बार आप लोगों से राय जरूर जान लें ऐसे नहीं अचानक से हम क्लास का समय चेंज नहीं करेंगे ओके तो आप लोग एकदम भी परेशान मत होइएगा हम आप लोगों की सभी राय मसरवा के साथ में ही हम टाइम चेंज करेंगे अदरवाइज नहीं किया जाएगा ओके एकदम परेशान मत होइएगा हम एक बोर्डिंग डाल देंगे आप लोग सब लोग जा के बोर्ड कर दीजिएगा प्लीज ओके ठीक है तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम मूल ढांचा या फिर जो आधारभूत संरचना के नाम से ही जानते होंगे या फिर बेसिक के नाम से जानते होंगे मेरा खराब हो जाएगा सर ओके ओके परेशान मत होइएगा ओके देखिए हम ऐसे अचानक से समय चेंज नहीं करेंगे आप सभी की राय मसबा के साथ में ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे थ्री पी से ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट कर दीजिए ओके चलिए थ्री पी से आप लोगों का ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया जाएगा ओके तो हम देखिए अभी उस इस वजह से दो दो क्लासेस आपको नहीं करा रहे हैं क्योंकि 120 दिन का जो टारगेट लेकर के चले हैं ना उस वजह से समय हम थोड़ा सा चाहते हैं कि इधर उधर हमारा बर्बाद न होती इस वजह से थोड़ा सा उसमें फोकस बनना कहेंगे कि 120 दिन का टारगेट ले लिए अनिवेबल टाइप का लग रहा था वो पूरा भी नहीं किए तो इस वजह से दो क्लासेस नहीं दे रहे हैं लेकिन हमको कोई समस्या नहीं है दो क्लासेस देने में ओके तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं आधारभूत मूल ढांचे की मूल ढांचे का सिद्धांत ढांचे का सिद्धांत या फिर जिसे बोलते हैं यहां पर आधारित संरचना ओके जिसको इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से आप लोग जानते होंगे ओके okay. तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये काफी महत्वपूर्ण भी है आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा हम संविधान संशोधन में सॉरी हम जब आपको पढ़ा रहे थे मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे और साथ में जब आपको डीपीएसपी बढ़ाए थे जब सरकार डीपीएसपी में क्या बोला गया डीपीएसपी में बोला गया कि राज्य के कुछ कर्तव्य है इन इन कर्तव्यों का उन्हें निर्वहन करना है समय के साथ में जब राज्य अपने कर्तव्यों का निर्माण करती है तो उसका उल्लंघन हो जाता है मौलिक अधिकारों से ध्यान थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कुछ एडिशन करना चाह या फिर उसको निर्शन करना चाह या फिर उसमें उसकी शक्तियों को कम करना चाह तो न्यायालय फिर यहाँ पर बीच में आ जाता है न्यायालय कहता है कि संसद ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है तो बीच बीच में संसद है वो संसद जो न्यायालय है वो संसद की शक्ति पर रोक लगा देती थी, थी और फिर संसद संविधान संशोधन करके न्यायपालिका की शक्ति पर रोक लगा देती थी तो जिससे बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने लगा और एक प्रश्न उठा कल हम आपको पढ़ाए थे संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में बताया गया है कि संसद की संसद के, के पास में ये पावर है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है यानी कि संशोधन करने की उसको शक्ति प्राप्त है कल हम आपको पढ़ाए थे थोड़ा बहुत हम लोग को ध्यान होगा तो यहाँ पर संसद क्या संविधान के पूरे भाग को परिवर्तित कर सकती है जब ये बात उठता है तो हम लोग देखते हैं किस तरह से यहाँ पर मामले यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये विवाद क्यों हुआ क्योंकि आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल आर्टिकल थ्री में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि संसद को शक्ति दी गई है पावर दी गई है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट हम में लिख देते हैं कर सकती है तो यहाँ पर बात उठी क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को परिवर्तित कर सकती है या फिर संविधान है संसद है वो संविधान को पूरा परिवर्तित कर सकती है कि नहीं कर सकती है तो एक प्रसिन्ह उठा जब प्रश्न चिन्ह उठा तो ये पहुंच गया मैटर कहा न्यायालय में पहुंच गया तो देखते हैं न्यायालय में किस तरह से मिलेगी तो चलिए हम थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं ओके तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जैसे कि आपको देखने को मिलेगा की यहाँ पर जो पहला मामला आता है जिसको शंकरी प्रसाद के नाम से ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी जो मामले हैं सनबन आप लोग मत ध्यान रखिएगा लेकिन इन मामलों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो सन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है लेकिन एटलीस्ट इनके नाम जरूर ध्यान रखने है। ये आपको पीटी में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं साथ में मेन्स में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं क्योंकि आपको कुछ एग्जाम्पल देने होते हैं ओके तो देखिए पहला मामला आपको देखने को मिलेगा शंकरी प्रसाद शंकरी प्रसाद मामले में ये मामला उन्नीस तो में आया वैसे डेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अगर नहीं लिखना चाहते लिख तो डेट मिश्रिया जल्दबाजी में उन्नीस सौ इक्यावन की जगह उन्नीस सौ कर दिया तो फिर क्या पड़ेगा एक बैड इंपैक्ट पड़ेगा और अगर आप सन्ने लिखेंगे तो कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो देखिये शंकरी प्रसाद का जब मामला आया तो इसमें जो न्यायालय ने मतलब जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा कि संसद है संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है क्या कर सकती है फंडामेंटल राइट्स में में मौलिक अधिकारों हम लिख देते हैं आप लोग पूरा लिख लीजिएगा फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें संशोधन कर सकती है या ऐसा करिए पहले आप लोग बना लीजिए फिर आपको नोट भी करा देंगे जिससे आप लोग कंफ्यूज ना रहे तो देखिये फंडामेंटल राइट में वो क्या कर सकती है चेंजेस कर सकती है मतलब परिवर्तन कर सकती है ओके क्यों क्योंकि न्यायालय ने कहा कि जो संविधान संशोधन है क्योंकि आपको थोड़ा बहुत याद होगा जब हम आपको आर्टिकल 13 पढ़ा रहे थे आर्टिकल 13 में बोला गया है कि संसद है वो किसी भी इस प्रकार के कानून या फिर विधि का निर्माण नहीं कर सकती है इस प्रकार की किसी भी विधि का निर्माण नहीं कर सकती है पर ऐसा एक कोई भी विधि का निर्माण नहीं कर सकती लेकिन उसी में एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आर्टिकल तेरह में हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें बताया गया था एक पॉइंट स्पेस से जोड़ा गया था जिसमें बोला गया था कि संविधान संशोधन है वो कोई विधि नहीं है विधि से तात्पर्य क्या है? विधि को ओके? तो क्योंकि, क्योंकि जो constitutional amendment, short में लिख रहे हैं आप लोग पूरा पूरा लिख लीजिएगा हम शॉर्ट में लिख रहे मतलब संविधान संशोधन है वो कोई विधि नहीं है विधि से तात्पर क्या है लॉ ओके okay, कोई कानून नहीं है तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन कर सकती है उनको समाप्त तो भी कर सकती है संविधान संशोधन के माध्यम से या फिर उनको कम भी कर सकती है लेकिन फिर से आपको देखने को मिलेगा ये मैटर आगे पहुंचता है आपको देखने को मिलेगा इसी के आधार पर फिर विभिन्न संविधान संशोधन किए जाते हैं और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार है उसको बहुत ज्यादा कम किया जाता है संसद के द्वारा भी वे संविधान संशोधन आए हैं पहले ही हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों के लिए बार बार लिखाने का कोई मतलब नहीं है ओके तो आपको देखने को मिलेगा फिर फिर से मैटर उठा कि जो संसद है वो तो लगातार फंडामेंटल राइट्स है उनको कम करती जा रही है संविधान संशोधन के माध्यम से तो फिर दूसरी बार मामला पहुंचता है गोलखनाथ वाला मामला पहुंचता है गोलखनाथ मामला पहुंचता है तो गोलकनाथ मामले में जो उन्नीस तो में आपको देखने को मिलेगा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यायालय है वो सॉरी जो संसद है वो फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकती मतलब चेंजेस नहीं कर सकती परिवर्तन नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती क्योंकि न्यायालय ने कहा कि जो संविधान संशोधन है तो संविधान संशोधन भी एक विधि है इसीलिए ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता जिससे मौलिक अधिकार कम होते, होते अधिकारे बोल अच्छा, तो कि तुम हमसे पंगा नहीं ले सकते फिर इसके में, इसकी प्रतिक्रिया में जो संसद होती है वो कुछ संविधान संशोधन करती है क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है देखिए आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संसद है वो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं कर सकती क्योंकि संविधान संशोधन एक क्या है एक विधि है एक लॉ है आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें वो कहता है क्योंकि जो संविधान संशोधन है वो भी एक क्या है एक विधि है आप लोग लिख लीजिएगा मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये छुप जा रहा हो मैं थोड़ा सा साइड से भी हट जाता हूँ क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहा है करना है इस चीज को ओके ध्यान रखिएगा ओके okay, तो इसमें बोल दिया विधि है अब देखिए इसकी प्रतिक्रिया में फिर संसद संविधान संशोधन करती है संविधान संशोधन करती है कहती है कि न्यायालय अच्छा तुम्हें हम बताते हैं रुको एक मिनट तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो संविधान संसद है, संसद है वो 24वां संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन करती है ये 1971 में करती है कब करती है 1971 में करती है अगर इधर लोगों से छिप जा रहा हो तो हम बोल देते हैं ये कितना लिखा हुआ है 1971 लिखा हुआ है ओके तो देखिए इस 24 में संविधान संशोधन के माध्यम से वो आर्टिकल तेरह एवं आर्टिकल 368 में संशोधन करती है मतलब इनमें क्या करती है एक संशोधन करती है और संशोधन करके वो बोलती है कि जो संसद है जो संसद है वो फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन कर सकती है क्या कर सकती है फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन कर सकती है और संसद के द्वारा किया गया संविधान संशोधन एक विधि नहीं कहलाएगा वो स्पेशली मेंशन कर देती है पहले संविधान के अंदर मेंशन नहीं किया गया था तो संसद ने क्या किया 24वां संविधान संशोधन किया और चौबीसवां संविधान संशोधन करके स्पेशली उसने बोल दिया उसने क्या किया उसने कहा इसमें कि फंडामेंटल राइट्स में वो चेंज कर सकती है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब जो संविधान संशोधन है वो वो कोई कोई विधि विधि नहीं नहीं है नहीं है Especially इसमें बोला गया okay? तो तो ओके ये आपको देखने को मिलेगा और देखिए इसी समय एक देखिए इसमें दो पॉइंट बोले गए थे वैसे जो 24वां संविधान संशोधन है इसमें दो पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे एक पॉइंट है जिसमें बोला गया कि जो संसद है संसद संविधान संशोधन कर सकती है नंबर एक और इसमें दूसरा पॉइंट जो था ना उसमें बोला गया था कि जो भी संविधान संशोधन किया जाएगा उसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता क्या नहीं किया जा सकता जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है फिर इसको क्या कर दिया जाता है समाप्त कर दिया जाता है मतलब जो दूसरा प्रावधान होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है लेकिन पहले प्रावधान को समाप्त नहीं किया जाता है और पच्चीसवा संविधान संशोधन होता है तो, में इसको और कर दिया जाता है के तो आपको देखने को मिलेगा इसी की प्रतिक्रिया में जब देखिए संसद ने इस प्रकार का एक संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन करके न्यायालय की शक्ति को कम कर दिया न्यायालय की शक्ति को क्यों कम कर दिया क्योंकि उसने कहा कि संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है और जो संविधान संशोधन किया जाएगा उसका न्यायिक पुनःविलोकन नहीं किया जा सकता यानी कि न्यायालय है उसका जुडिशियल नहीं कर सकता न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उसको क्या कर दिया बाहर कर दिया तो न्यायालय बोला अच्छा तुम हमसे पंगा लेवा तो आप देखिए यहाँ पर न्यायालय में ये मैटर जब पहुँचता है आपको देखने को मिलेगा ये थर्ड केस होता है ये कौन सा होता है थर्ड केस आपको देखने को मिलेगा तो थर्ड केस हम आगे लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास में यहां पर सके कम है आप लोग यहां पर ही लिखिएगा इसी की प्रतिक्रिया में यहां पर थर्ड केस आता है थर्ड केस आता है केशवानंद भारती ये जो जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए केशवानंद भारती केशवानंद भारती भारती मामले में एक अब आता है उन्नीस में आता है तो इसी में मूल ढांचे का सिद्धांत एक यहाँ परिंदुओं पर को शामिल किया गया था ओके तो केशवानंद कौन थे तो केशवानंद आपको केरल में देखने को मिलेंगे भूमि विवाद से संबंधित मंदिर जो परिसर था ना उसकी भूमि से संबंधित यहाँ पर एक मैटर पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उसी की आपको देखने को मिलेगा सुनवाई करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपको देखने को मिलेगी उस बेंच ने इसकी सुनवाई की थी और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तब से और देखिए जब केशवानंद भारती मामले की सुनवाई की जा रही थी तो आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25 है उसकी भी उसका भी संवैधानिकता की उसकी जाँच की जानी थी तो न्यायालय ने देखिए चौबीस में संविधान संशोधन और पच्चीस में संविधान संशोधन पर अपनी मोहर लगा दी बोले कि ये क्या है संविधान के अनुकूल है उसको खारिज नहीं किया लेकिन च, में अगर संविधान संशोधन किया जाता है तो उस संविधान संशोधन का न्यायिक पुनविलोकन नहीं कर सकती यानी कि न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर रखा गया उस चीज को समाप्त कर दिया गया लेकिन चौबीसवें संविधान संशोधन और पच्चीसवें संविधान संशोधन पर मोहर लगा दी ओके ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि तो उसको संवैधानिक करार दिया लेकिन यहाँ पर बोला कि संसद की जो संशोधन शक्ति के लिए न्यायालय ने कहा कि हम एक सिद्धांत तो देते हैं कौन सा सिद्धांत तो देते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत तो देते हैं यहां से ही कॉन्सेप्ट निकल के आया मूल ढांचे का सिद्धांत मूल ढांचे का सिद्धांत बोले कि यह बार बार का झंझट है ना इसको खत्म ही कर दो न्यायालय ने कहा कि हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि इससे बाहर तुम जा ही नहीं सकते अब ये तो क्या है हमारे हाथ की अब क्या बन जाएगी बन जाएगी क्योंकि मूल ढांचे में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो भी हम ही बताएंगे आपको स्पष्ट रूप से मूल ढांचे की कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि केवल इसमें ये प्रावधान आते हैं ये विभिन्न न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें समय समय पर विभिन्न विषयों को बताया गया है कि ये संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है और संसद इसमें संविधान संशोधन करके इसको बर्खास्त या खारिज नहीं कर सकती है तो बहुत सारे मामले दिए गए उन मामलों को आपको याद नहीं करना है तो देखिए अब इसी के आधार पर मतलब ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत इसमें दिया था ना और इसी ढांचे के आधार पर न्यायालय ने इसी ढांचे के आधार पर न्यायालय ने न्यायालय ने जो थर्टी संविधान संशोधन संविधान संशोधन को रद्द कर दिया मतलब क्या कर दिया इसको खत्म कर दिया क्या कर दिया खत्म कर दिया क्योंकि देखिए ये जो 39 में संविधान संशोधन जो किया गया था ये बहुत तो ज्यादा महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण क्यों है 39 में जो संविधान संशोधन है इसमें क्या दिया रखा था इसमें दिया रखा था कि जो प्रधानमंत्री और साथ में आपको देखने को मिलेगा लोकसभा के जो चुनावी चुनावी विवाद थे उन्हें न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था क्या कर दिया गया था चुनावी चुनावी विवादों को विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया अब देखिए न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया तो अः कोर्ट ने कहा कि देखिए जो न्यायिक पर्णाविलोकन है वो तो संविधान का एक मूल ढांचा है और मूल ढांचे को प्रभावित नहीं किया जा सकता इसको किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता है इसके अनुसार आर्टिकल थर्टी सॉरी जो संविधान संशोधन संविधान संशोधन है वो असंवैधानिक है अवैध है उसको यथास्थिति में समाप्त किया जाता है तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी अब देखिए यहाँ पर संसद भी कहाँ चुप बैठने वाली थी जैसे ही उसको पता चला अच्छा हमारी जो चुनाव विवाद होंगे हमारी जो चीजें होंगी विधायिका के कार्यों में आप हस्ताक्षेप करेंगे अब यहाँ पर संसद कहां चुप बैठने वाली थी? अब संसद ने भी प्रतिक्रिया दी। आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही ये मैटर हुआ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसकी प्रतिक्रिया में संसद ने इसकी प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया में बयालीसवां संविधान संशोधन कर दिया देखिये बयालीसवां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा विस्तृत था ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है था। इसमें के प्रावधानों को जोड़ा गया था लेकिन इसी में एक, एक महत्वपूर्ण हिस्सा था वो हिस्सा क्या था जो केशवानंद भारती मामले में जो जजमेंट दिया गया था ना इसके खिलाफ इसको लाया गया था आपको देखने को मिलेगा क्योंकि थर्टी में इसी के अनुसार थर्टी नाइन जो संविधान संशोधन था ना उसको बर्खास्त कर दिया गया तो संविधान संशोधन को खत्म कर दिया गया था तो संसद बोली तुम हमसे ऊपर कहा जा सकते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर संसद ने क्योंकि इसमें क्या था मतलब बयालीसवा संविधान संशोधन में एक प्रावधान था तो उस प्रावधान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आपको देखने को मिलेगा बयालीसवा संविधान संशोधन है वो कहता है कि जो संसद है संसद है उसकी विधाई शक्ति की कोई सीमा नहीं है विधाई शक्ति की कोई सीमा नहीं है ओके कोई सीमा नहीं है और आपको देखने को मिलेगा कि अगर विधायिका के द्वारा मतलब संसद के द्वारा कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है कोई भी संविधान संशोधन कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ओके और इसमें स्पेशली इंक्लूड कर दिया देखिए बयालीसवा संविधानी सौ छिहत्तर का समयकालीन समय आपको देखने को कि की थी। भारत के बहुत, बहुत सारी समस्याएं आपको, आपको यहाँ पर आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा था जैसे कि पंजाब हो गया हरियाणा हो गया और जो पश्चिम साइड का आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा यहाँ पर आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था विभिन्न देश के अंदर विभिन्न जगह पर अजारकता जैसा माहौल था और आपको धार्मिक जो सहसुणता होती है उस पर भी खतरा मंडरा रहा था तो आपको देखने को मिलेगा संसद के लिए हाँ पर विशेष पावरों की आवश्यकता थी तो बयालीसवें संविधान संशोधन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया और इसी में एक छोटा सा बिंदु रखा गया कि संसद संसद है मतलब जो विधायिका है वो बौखला चुकी थी कि न्यायालय के बार बार हस्तक्षेप करने के कारण की जहाँ एक और शक्ति पृथककरण का कर सिद्धांत दिया गया है लेकिन न्यायालय क्या करती है जैसे ही वो डीपीएसपी को लागू करना चाहती है या फिर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कोई संविधान संशोधन करती है लेकिन वहां पर बीच में न्यायालय अपने हस्तक्षेप कर देता है या करके तो संसद ने कहा कि अब हम ये सारी चीजों को समाप्ति कर देते हैं अब तुम्हारा से खेली खत्म कर देते हैं बेटा तो उसने कहा बयालीसवें संविधान संशोधन में कि संसद की जो विधाई शक्ति की वो कोई सीमा नहीं है सीमा का मतलब है कि उसकी कोई सीमा नहीं है वो क्या है सुपर पावरफुल है क्या है सुपर पावरफुल है और उससे ऊपर कोई नहीं वो कुछ भी कर सकती है कुछ भी कर सकती है न्यायालय की सारी शक्तियों को भी ले सकती है संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है यानी कि अगर वो किसी भी प्रकार का कानून पारित करती है तो उसे किसी भी आधार पर असंवैधानिक या फिर अवैध करार नहीं दे सकता क्योंकि अवैध करार या फिर असंवैधानिक करार कौन देगा न्यायालय देगी न्यायालय सपने में नहीं देगी बल्कि वो किसी संविधान संशोधन का जब न्यायिक पुनःाविलोकन करेगी तभी तो उसे असंवैधानिक करार देगी तो इसमें बोल दिया गया था कि अगर संसद कोई भी संविधान संशोधन करती है इंक्लूडिंग अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन भी होता है ऐसा कोई संविधान संशोधन उसको भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इतना उसको पावरफुल बना दिया ओके लेकिन आपको देखने को मिलेगा जब बयालीसवा संविधान संशोधन में एक ए प्रावधान किया गया था तो इस प्रावधान को बाद में समाप्त कर दिया गया फिर चौथा मैटर आता है ये देखिए तीसरा मैटर था केशवानंद भारती वाला मैटर था अब चौथा मैटर पहुंच जाता है न्यायालय में न्यायालय को पता चलता है कि संसद ने ऐसा कर दिया कि हमारी तो शक्ति इसने सारी ले ली है और ऐसा ये कैसा कर सकता है केशवानंद भारती वाले में हमने एक एक अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट दिया था मूल ढांचे का उसका भी उल्लंघन कर दिया इसने तो, तो चलिए देखते हैं चौथा मैटर कौन सा आता है आपको देखने को मिलेगा फोर्थ के, जो केस होता है वो आपको देखने को मिलेगा बिनरमा मील मील मील मामला मील, मामले में एक आता है, में आता आता है है देखिए इसमें उसको अमान्य कर दिया जाता है किसको बयालीसवा संविधान संशोधन का उस प्रावधान को देखिए पूरा बयालीसवां संविधान संशोधन खारिज नहीं किया जाता है ध्यान रखिएगा बयालीसवें संविधान संशोधन का एक छोटा सा जो खंड था छोटा सा पार्ट था उसको साफ किया जाता है ना कि पूरे के पूरे बयालीस में संविधान संशोधन को खत्म किया जाता है ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात है 42 में संविधान संशोधन संविधान संशोधन के उस उस, पार्ट को, उस हिस्से को उस हिस्से को हिस्से को अमान्य करार कर दिया जाता है अमान्य कर दिया जाता है ओके okay? जो न्यायालय के न्यायिक पुर्णाविलोकन मतलब न्यायिक पुर्णाविलोकन की शक्ति को कम करता है कि शक्ति को कम करता है खत्म करता है मतलब कम ही नहीं करता खत्म ही कर देता है क्यों क्योंकि आपको देखने को मिलेगा न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुर्णाविलोकन की शक्ति जो है न्यायालय के पास में तो वो एक मूल विशेषता है और मूल विशेषताओं को समाप्त नहीं किया जा सकता क्यों क्योंकि आपको देखने को मिलेगा ऐसा न्यायालय ने क्यों कहा क्यों क्योंकि आपको देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि न्यायिक पुर्णाविलोकन है वो क्या है एक मूल विशेषता है एक मूल विशेषता है ये चीज आपको देखने को मिलेगी तो किसको समाप्त कर दिया जाता है इस बाले हिस्से को समाप्त कर दिया जाता है तो संसद कहता है हम तुमसे कम नहीं न्यायालय कहता है हम तुमसे कम नहीं संसद सं, करती है। न्यायालय उसको खारिज कर देता है अब उसके ऊपर तो यहाँ पर चलता रहता है तो देखिये ये मैटर आता है फिर आपको देखने को मिलेगा एक पांचवा मैटर और आता है पांचवा एक मैटर और आता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये कहता है बामन राव यहाँ पर बामन राव मामले में मामले में ये 1981 तो, में बावन राव का मामला आता है इसमें मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिया था मूल ढांचे की जो संरचना होती है उसको फिर से न्यायालय ने स्पष्ट किया उसको क्या किया फिर से न्यायालय ने स्पष्ट किया मूल संरचना का जो सिद्धांत था इसको पुनः वो स्पष्ट करती है और कहती है कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत है फिर जो संरचना है वो सही है और सही है और साथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक चीज ऐड कर देती है यहां पर कह देती है 24 अप्रैल अप्रैल 1973 ओके तो देखिए एक एक डेट पर ऐड कर देती है 24 अप्रैल 1973 वाला डेट ऐड कर देती है ये आपको देखने को मिलेगा ये हम अभी आप लोगों के लिए बताएंगे आगे इस डेट का क्या महत्व है क्योंकि इस डेट के बाद क्या है कि अगर इस डेट के बाद अगर किसी भी प्रावधान को अनुसूची में ऐड किया जाता है तो उसका न्यायिक न्यायिकोकन किया जा सकता है लेकिन इससे पहले किसी भी ए, किसी भी चीज को ऐड किया गया तो उसका न्याय परिणामविलोकन नहीं किया जा सकता ये चीज हम आगे आप लोगों को बताएंगे तो पहले आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए ओके आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पर राम चौहान है वो भी आगे है हाँ जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या ओके okay, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ओके okay? तो थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग नोट करा देते हैं फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपको बताते हैं कि मूल ढांचे के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं पहले आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए केशवानंद भारती या केला रा, केरल राज्य के या केरल राज्य के मामले में केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया मूल ढांचे का सिद्धांत दिया मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार भारत के भारत के संविधान में कुछ ऐसी भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान कुछ ऐसे प्रावधान कुछ ऐसे प्रावधान पाए जाते हैं जो संविधान के लिए ऐसे प्रावधान पाए जाते हैं जो संविधान के लिए संविधान के लिए संविधान के लिए अनिवार्य हैं जो संविधान के लिए अनिवार्य हैं और, और जिनके बिना संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती और जिनके बिना संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती नहीं की जा सकती अगर इन्हें संविधान से बाहर कर दिया जाए तो अगर इन्हें संविधान से बाहर कर दिया जाए तो कर दिया जाए तो कर दिया जाए तो संविधान ही नष्ट हो जाएगा संविधान ही नष्ट हो जाएगा संविधान ही नष्ट हो जाएगा संविधान ही नष्ट हो जाएगा अतः संसद को संविधान के ऐसे प्रावधानों अतः अतः संसद को संविधान के ऐसे प्रावधानों अतः संसद को संविधान के ऐसे प्रावधानों या मूल ढांचे में या मूल ढांचे में संशोधन का अधिकार है संशोधन का अधिकार है संशोधन का अधिकार है अतः संसद को संविधान के ऐसे प्रावधानों या मूल ढांचे में संशोधन का अधिकार नहीं है सॉरी मैंने है तो नहीं लिख दिया था मतलब बोल दिया था लिखिएगा मूल ढांचे में संशोधन का अधिकार नहीं है नहीं है मूल ढांचे का निर्धारण मूल ढांचे का निर्धारण समय समय पर मूल ढांचे का निर्धारण समय समय पर समय समय पर, समय समय पर न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विभिन्न निर्णयों के माध्यम से किया जाता है विभिन्न निर्णयों के माध्यम से किया जाता है और इसकी सूची और इसकी सूची निम्नलिखित है जैसे और इसकी सूची सूची निम्नलिखित है जैसे नंबरिंग तो मूल ढांचे में कौन कौन सी विशेषताएं आती है बहुत बार पूछा जाता है तो वैसे तो बहुत आपको देखने को मिलेगा अगर आप लोग बुक उठा करके देखेंगे तो उसमें 55 से 60 कम से कम दे रखी होगी अलग अलग बुकों में लेकिन इतनी आपको याद नहीं कर आपको कुछ याद कर लेनी और वैसे भी अगर आप लोग सोचेंगे कि संविधान के अंदर अगर ये विशेषता को हटा दिया जाता है तो आप लोग आगे आगे पूरा जब आपको क्वालिटी बढ़ा देंगे तो आप इस चीज को एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ अगर इस विशेषता को अगर संविधान से हटा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित हो सकता है या फिर जो संविधान निर्माण वो उद्देश्य था या फिर हमारे संविधान जो हमारा देश है वो इस प्रकृति का होना चाहिए अगर उस पर कोई प्रभाव पड़ता है तो वो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है जैसे नंबर एक नंबर एक संविधान की सर्वोच्चता संविधान की सर्वोच्चता अब देखिए बयालीसवे संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान ऐसा संशोधन किया गया था जिसमें न्यायालय की जो शक्ति है विधायी शक्ति है उसकी कोई सीमा नहीं यानी कि अब वो क्या हो जाएगा सर्वोपरि हो जाएगी सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी उस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा अब देखिए इतनी शक्तिशाली हो जाएगी यानी कि संविधान को भी वो पूरा परिवर्तित कर सकती है संविधान भी एक तरह से उसके अंडर तो संविधान की सर्वोच्चता कहां रही? यहां पर तो संविधान तो की सर्वोच्चता हमारा क्या है एक मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए इसीलिए बयालीसवे संविधान संशोधन के इस प्रावधान को खारिज कर दिया गया और साथ में न्यायालय के पुनःविलोकन की शक्ति भी प्रभावित हो रही थी तो इसलिए भी इसको समाप्त कर दिया गया इसको समाप्त करने के दो कारण थे एक संविधान की सर्वोच्चता का जो हमारा सिद्धांत थे, वो उसका खंडन हो रहा था और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है वो भी कम हो रहा था ओके दूसरा लिखिएगा पॉइंट दूसरा पॉइंट लिखिएगा लोकतांत्रिक कौमा गणराज्य लोकतांत्रिक कौमा गणराज्य कौमा एकता एवं अखंडता एवं अखंडता यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर परिवर्तित किया जाए अब देखिए मोदी जी हैं मोदी जी ज्यादा पावरफुल हो जाएं वो एक जाए संविधान संशोधन कर दें कि अब 2050 तक बही रहेंगे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा रूस में तो रूस में ऐसा है कि आपको पुतिन ही पुतिन हमेशा देखने को मिलते हैं लेकिन भारत में आपको देखने को मिलेगा कि समय के अनुसार राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री है वो चेंज होते रहते हैं ओके तो आपको देखने को मिलेगा अब मोदी जी बोले नहीं अब तो हम ही गद्दी कैसे तो हमको प्यार हो गया बहुत अब तो हम ही रहेंगे यहाँ पर ऐसा एक संविधान संशोधन करते हैं कि 2050 तक हमें ना चुनाव लड़ना पड़े और चुनाव ना लड़ना पड़े ऐसी हम इस गद्दी पर बैठे रहे तो ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो लिखिए आगे तीसरा पॉइंट लिखिए संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित संविधान का धर्म निरपेक्ष संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित धर्मनिरपेक्ष चरित चौथा लिखिए विधायी का कार्यपालिका व न्यायपालिका विधाई का, का, का कार्यपालिका व न्यायपालिका न्यायपालिका के बीच के बीच पृथककरण पृथककरण पांचवा लिखिए संघीय स्वरूप संघीय स्वरूप छठा लिखिए न्यायिक समीक्षा ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको इंदिरा गांधी मामले में दिया था न्यायिक समीक्षा सातवां लिखिए संसदीय प्रणाली सातवा संसदीय प्रणाली आठवा लिखिए कानून का संविधान कानून का शासन संविधानिक कानून का शासन नवा लिखिए मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में संतुलन मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में संतुलन दसवा लिखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया ओके अब देखिए जो संविधान जो बेसिक स्ट्रक्चर है मतलब मूल ढांचे का सिद्धांत है इसकी आलोचना भी की जाती है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसकी किस आधार पर आलोचना की जाती है तो लिखिए मूल ढांचे के सिद्धांत की आलोचना मूल ढांचे के सिद्धांत मूल ढांचे के सिद्धांत सिद्धांत की आलोचना की आलोचना लिखिए किसके किस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है नंबर एक भारत में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है भारत में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है भारत में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है और इस तरह से मींस का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर या फिर मूल ढांचे का जो सिद्धांत है उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तो आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए बोला जाएगा या फिर आलोचना पर टिप्पणी कीजिए या फिर आलोचना का वर्णन कीजिए आलोचना की व्याख्या कीजिए इस तरह से आपसे सा बोला जाए कि जो मूल संरचना का सिद्धांत है इसकी व्याख्या करे या फिर मूल संरचना या फिर मौलिक जो मूल संरचना का सिद्धांत है उसकी व्याख्या कीजिए ओके तो इस तरह से आपसे लोगों से बोला जाएगा तो ये सारी चीजें आपको लिख देनी है ओके आपको डेढ़ सौ शब्दों में 200 सौ शब्दों में जैसा बोला जाए लिखिए न्यायालय भारत में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है न्यायालय ने भी न्यायालय ने भी संविधान की सर्वोच्चता को न्यायालय ने भी संविधान की सर्वोच्चता को को मूल ढांचा घोषित किया है संविधान की सर्वोच्चता को मूल ढांचा घोषित किया है मूल ढांचा घोषित किया है इससे इससे यह इस स्पष्ट होता है कि इससे यह स्पष्ट इस होता है कि स्पष्ट होता है कि इससे यह स्पष्ट इस होता है कि भारत में भारत में पूरा संविधान ही सर्वोच्च है पूरा संविधान ही सर्वोच्च है यहां पर यहाँ पर जो ढोलक सुर संगत है वो भी आगे हैं नमस्ते बहुत बहुत नमस्ते अनुराग मिश्रा है वो भी आगे हैं जय श्री राम रादे राधे राधे राधे राधे यहाँ पर आपका नाम क्या है जो ढोलक सुर संगत है आपका नाम क्या है प्लीज अपना नाम बताइएगा चलिए आगे लिखिएगा आप अपना नाम बताइएगा एक्चुअली आप क्लब मेंबर है क्या आगे लिखिएगा लेकिन भारत में मूल ढांचे का सिद्धांत भी लेकिन भारत में मूल ढांचे का सिद्धांत भी सिद्धांत भी स्त्रीकरण कर देता है स्त्री वो स्त्री मत समझ लेना स्त्रीकरण लेवल जो होता है लेबलाइजेशन जो होता है वो वाला है ओके लेवल वाला स्त्रीकरण बोला जा रहा है बोहो वो, वो वाला औरत वाला स्त्री मत समझ स्त्रीकरण कर देता है स्त्रीकरण कर देता है अच्छा आप ही ओल्ड मेलोडीज आप ही हैं, जो पहले आप ओल्ड मेलोडीज के नाम से क्लास करते थे आप ही हैं क्या आगे लिखिएगा और कुछ प्रावधानों को अधिक महत्वपूर्ण और कुछ प्रावधानों को अधिक महत्वपूर्ण और कुछ प्रावधानों को अधिक महत्वपूर्ण और कुछ प्रावधानों की और कुछ प्रावधानों की महत्ता को कम घोषित करता है महत्ता को कम घोषित करता है अच्छा देखिए आप लोगों ने पहचान लिया आप लोगों ने चैनल का नाम चेंज कर दिया कोई बात नहीं लिखिएगा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग लगभग में दो पेज या तीन पेज छोड़ करके लिख सकते हैं ओके कुछ प्रावधानों को अधिक महत्वपूर्ण और कुछ प्रावधानों को या प्रावधानों की महत्ता को कम घोषित करता है यह अपने आप में संविधान की सर्वोच्चता का विरोधी है यह अपने आप में संविधान की सर्वोच्चता का विरोधी है सर्वोच्चता का विरोधी है नेक्स्ट लिखिए दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट लिखिए आर्टिकल 368 में संसद को आर्टिकल 368 में संसद को में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है और इसमें और इसमें मूल ढांचे जैसे किसी भी और इसमें मूल ढांचे जैसे किसी भी किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं है किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं है प्रावधान का उल्लेख नहीं है तो इस आधार पर वो लोग कहते थे कि संविधान निर्माता तो वो मूल ढांचे पहले ही देते दे तो नहीं कि वो चाहते थे कि के पास में सारी होनी चाहिए कि बदलते परिवेश के अनुसार वो इसमें परिवर्तन कर सके इसीलिए संविधान निर्माताओं ने आलोचकों का कहना है हमारा नहीं आलोचकों का कहना इसी को है इसी वजह से उन्होंने संविधान संशोधन को कठोर और लचीला बनाया है कि संसद है वो किसी भी प्रावधान को बहुत आसानी से परिवर्तित ना कर सके और कुछ प्रावधान है उनको कठोर बनाने की आवश्यकता नहीं थी उन्हें फ्लेक्सिबल बनाया साधारण बहुमत से सिर्फ उसको पारित कर, करके संविधान संशोधन किया जा सकता है तो उन्होंने पहले ही प्रावधान कर दिया था कि संसद है संविधान संशोधन करने की पावर उसके पास में है लेकिन जो प्रावधानों में परिवर्तन समय के अनुसार आसानी से ना किया जाए जैसे कि जरूरी नहीं जैसे कि आपको देखने को मिलेगा अगर पूरा संविधान बहुत फ्लेक्सिबल होता साधारण बहुमत से पूरे के पूरे संविधान में संशोधन किया जा सकता तो चुटकियों में कोई संविधान संशोधन कर सकता था तो उन्होंने मूल ढांचे का सिद्धांत नहीं दिया बल्कि उन्होंने लगा कि ये वाले प्रावधान इंपॉर्टेंट है, है। इसलिए उसको विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन करने की व्यवस्था करी आर्टिकल थ्री में और इसके अलावा आर्टिकल थ्री से बाहर साधारण बहुमत की व्यवस्था की इसीलिए मूल ढांचे जैसा कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं दिया गया था इसीलिए न्यायालय को इस प्रकार के किसी भी सिद्धांत को देने की आवश्यकता नहीं थी एक एक केवल अतिश के रूप में उसको बोला जाता है ये आलोचकों के द्वारा बोला जाता है हमारे द्वारा नहीं बोला जाता है ओके तो चलिए चौथा लिखिए चौथा लिखिए अच्छा इसी में चौथा भी मत लिखिएगा अच्छा आप लोगों के लिए कहां तक लिखा दिए एक बार मैं भूलिए चलो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ तीसरा पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूँ नहीं तीसरा पॉइंट तो अभी लिखा ही नहीं है तीसरा पॉइंट लिखिए भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है तीसरा पॉइंट लिखिए भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है और भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है और लोकतंत्र को मूल ढांचा भी घोषित किया गया है और लोकतंत्र को मूल ढांचा भी घोषित किया गया है मूल ढांचा भी घोषित किया गया है लोकतंत्र में संसद ही जनता की प्रतिनिधि संस्था होती है लोकतंत्र में संसद ही लोकतंत्र में संसद ही लोकतंत्र में संसद ही जनता की प्रतिनिधि संस्था होती है प्रतिनिधि संस्था होती है मूल ढांचे का सिद्धांत मूल ढांचे का सिद्धांत संसद की शक्ति पर सीमा लगाता है संसद की शक्ति पर सीमा लगाता है अच्छा आपका नाम मेलोडी शर्मा है आप बता रहे हैं चलिए आप लोगों का नाम कभी ऐसे याद हो जाता है हल्के हल्के तो सभी लोगों का ये हल्के हल्के नाम याद हो जाएगा जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं उन लोगों का ध्यान रहता है लिखिए आगे लोकतंत्र में संसद ही जनता की प्रतिनिधि संस्था होती है मूल ढांचे का सिद्धांत मूल ढांचे का सिद्धांत संसद की शक्ति पर सीमाएं लगाता है मूल ढांचे का सिद्धांत संसद की शक्ति पर सीमा लगाता है संसद की शक्ति पर सीमा लगाता है अतः यह लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है अतः यह लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है अता यह है लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है चौथा लिखिए चौथा लिखिए मूल ढांचे के सिद्धांत से चौथा लिखिए मूल ढांचे के सिद्धांत से मूल ढांचे के सिद्धांत से संविधान की संविधान की गतिशीलता प्रभावित होती है गतिशीलता प्रभावित होती है मूल ढांचे के सिद्धांत से संविधान की गतिशीलता प्रभावित होती है और कलांतर में एक ऐसी स्थिति आ सकती है करा, कलांतर में एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब संविधान के कुछ प्रावधान जब संविधान के कुछ प्रावधान प्राब्धान जब संविधान के कुछ प्रावधान आप्रासंगिक हो जाएं और मूल ढांचे के सिद्धांत के कारण और मूल ढांचे के सिद्धांत के कारण मूल ढांचे के सिद्धांत के कारण मूल ढांचे के सिद्धांत के कारण बदलना बदलना संभव ना हो पाए बदलना संभव ना हो पाए बदलना संभव ना हो पाए बदलना संभव ना हो पाए इससे संविधान ही अनुपयोगी हो जाएगा इससे संविधान ही अनुपयोगी हो जाएगा अनुपयोगी हो जाएगा आगे लिखिए महत्व आगे लिखिए महत्व आगे लिखिए महत्व महत्व में लिख लीजिए कि आखिर देखिए यहां पर हमने आलोचनाएं की अब आलोचनाएं तो कर ली हमने अब इसका महत्व देख लेते हैं कि आखिर मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया है इसका महत्व क्या है तो महत्व तो इसका है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि संसद है वो कहीं ना कहीं इसकी जो असीम शक्ति है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाता है लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है संविधान के उन प्रावधानों की रक्षा करता है जिनके बिना जो संविधान है और जो जिस प्रकार की संविधान की कल्पना की जाती है परिकल्पना की जाती है वो उन सिद्धां उन नियमों और उन सिद्धांतों के बिना वो संभव नहीं है तो आपको देखने को मिलेगा इसके लिए मूल ढांचा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे कि अभी आपने देखा कुछ संविधान संशोधन ऐसे किए गए थे जिनमें कहीं ना कहीं भारत की जो आपको प्रकृति देखने को मिलेगी विशेषताएँ देखने को मिलेगी, उनको ध्वस्त करने के बाद उनको खत्म करने की बात की गई थी तो न्यायालय ने उन पर रोक लगाई किसके माध्यम से न्यायिक समीक्षा के माध्यम से तो चलिए हम लोग महत्व देख लेते हैं इसका आखिर इंपॉर्टेंस क्या है तो देखिए जब आलोचनात्मक परीक्षण आपसे पूछा जाएगा तो आपको पहले आलोचनाएँ लिखनी है फिर उनको काउंटर करना है तो काउंटर करने के लिए जो महत्व हम लिखा रहे हैं ये पॉइंट आपको काउंटर में लिखने हैं मतलब आलोचनाएं की गई फिर उनको आप काउंटर कैसे करेंगे तो काउंटर करने के लिए इन चीजों को लिखना होगा लास्ट में आप लोगों को अपना विचार देना होगा निष्कर्ष जिसको बोलते हैं तो निष्कर्ष भी हम आपको लिखा देंगे जिससे मेंस में किसी भी प्रकार का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो तो लिख लीजिए महत्व नंबर एक भारत के संविधान भारत के संविधान यहां पर एक यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि कल क्वेश्चन आया था कौन सा क्वेश्चन आया था सर जी पर्यावरण मंत्रालय कौन देखता है पर्यावरण मंत्रालय है वो कैबिनेट मंत्री देखते हैं अभी भूपेंद्र यादव शायद हैं भूपेंद्र यादव है कौन है भूपेंद्र यादव ही शायद अभी हैं एक बार आप लोग चेक करिएगा वर्तमान में शायद उसमें ऑप्शन दिया रखा था कि भूपेंद्र यादव चलिए आगे लिखिए भारत के संविधान के भारत के संविधान के आर्टिकल 368 में आर्टिकल 368 में 368 में संसद को संविधान में संसद को संविधान में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है संशोधन करने का अधिकार दिया गया है संशोधन करने का अधिकार दिया गया है नहीं प्रकाश जाबेकर आपको देखने को मिलेंगे जो इसके ए, प, हैं वो प्रकाश जाबेकर हैं हाँ जी आपने एकदम सही बताया प्रकाश जावेकर हैं अभी वर्तमान में 2022 में आपको देखने को मिलेगा ये 2021 में अपॉइंट किए गए थे तो 2021 से अभी तक यही हैं आपको देखने को मिलेगा मतलब 14 जनवरी 2022 से अभी तक यही है तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपको देखिए यहां पर देखने को मिलेगा नेक्स्ट लिखिए मतलब आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नहीं है आर्टिकल 368 में संसद को संविधान में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है संशोधन करने का अधिकार दिया गया है नया संविधान बनाने और नया संविधान बनाने और ओके okay, आपने सही किया बहुत अच्छी बात है तो आगे लिखिए नया संविधान बनाने और पुराने संविधान को नष्ट करने का अधिकार नया संविधान बनाने और पुराने संविधान को नष्ट करने का अधिकार अधिकार नहीं दिया गया है नहीं दिया गया है मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान के उसी मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान के उसी उसी भाग को सुरक्षित रखना चाहता है मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान के उसी भाग को सुरक्षित रखना चाहता है सुरक्षित रखना चाहता है जिसे संविधान निर्माताओं ने जिसे संविधान निर्माताओं ने तैयार किया था संविधान निर्माताओं ने तैयार किया था ने निर्माण किया था अगर हम व्यवहार में मूल ढांचे की सूची देखें तो अगर हम व्यवहार में मूल ढांचे की सूची देखें तो मूल ढांचे की सूची देखें तो उसमें वही विषय शामिल किए गए हैं जो वही विषय शामिल किए गए हैं जो वही विषय शामिल किए गए हैं जो जो संविधान के संविधान के चीरकालिक महत्व के विषय जो संविधान के चीरकालिक महत्व के विषय रखे गए हैं रखे गए हैं जैसे पंथ निरपेक्ष कौमागढ़ राज्य पंथ निरपेक्ष कौमागढ़ राज्य कौमा, कानून का शासन कानून का शासन संविधान की सर्वोच्चता संविधान की सर्वोच्चता यादि दूसरा पॉइंट लिखिए इसके महत्व में दूसरा पॉइंट लिखिए भारत के संविधान में भारत के संविधान में भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार निर्धारित की गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार निर्धारित की गई है कि अगर संसद में किसी दल को कि अगर संसद में किसी दल को किसी दल को विशेष बहुमत प्राप्त हो जाए तो विशेष बहुमत प्राप्त हो जाए तो विशेष बहुमत प्राप्त हो जाए तो उसमें वही विषय शामिल किया गया है सॉरी ये लाइन मत लिखिएगा। भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार निर्धारित की गई है कि अगर संसद में किसी दल को विशेष बहुमत प्राप्त हो जाए तो किसी दल को विशेष बहुमत प्राप्त हो जाए तो वह अपनी इच्छा अनुसार संविधान में अपनी इच्छा अनुसार संविधान में मनमाने बदलाव ला सकता है अपनी इच्छा अनुसार संविधान में मनमाने बदलाव ला सकता है मनमाने बदलाव ला सकता है इससे संविधान के नष्ट होने का खतरा इससे संविधान के नष्ट होने का खतरा पैदा हो जाएगा इससे संविधान के नष्ट होने का खतरा पैदा हो जाएगा मूल ढांचे का सिद्धांत इस पर मूल ढांचे का सिद्धांत इस पर मूल ढांचे का सिद्धांत इस पर प्रभावशाली रोक लगाता है प्रभावशाली रोक लगाता है तीसरा पॉइंट लिखिए महत्व में मूल ढांचे का सिद्धांत लोक प्रभुता के विरुद्ध नहीं है मूल ढांचे का सिद्धांत लोक प्रभुता के मूल ढांचे का सिद्धांत लोक प्रभुता के विरुद्ध नहीं है लोक प्रभुता के विरुद्ध नहीं है लोक प्रभुता का अर्थ है लोक प्रभुता का अर्थ है लोक प्रभुता का अर्थ है लोक प्रभुता का अर्थ है जनता की सर्वोच्चता जनता की सर्वोच्चता कौमा लोक प्रभुता एक सैद्धांतिक और दार्शनिक आदर्श है यहां पर आसुतोष कुमार वो भी आ गए हैं नमस्ते बहुत बहुत नमस्ते यहाँ पर ओल्ड मेलोडीज बता रहे हैं कि ये 2016 में एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लिखिए जनता की सर्वोच्चता लोक प्रभुता जनता की सर्वोच्चता कौमा लोक प्रभुता एक सैद्धांतिक और दार्शनिक दार्शनिक आधार है लोक प्रभुता एक सैद्धांतिक और दार्शनिक दार्शनिक आदर्श है संसद लोक प्रभुता को देखिए लोक प्रभुता ऐसे लिखा जाएगा लोक प्रभुता लोक प्रभुता को सीमित रूप में ही संसद लोक प्रभुता को सीमित रूप में ही अभिव्यक्त करती है सीमित रूप में ही अभिव्यक्त करती है संसद को जनादेश को को दिखाती है संसद तो जनादेश को दिखाती है संसद तो जनादेश को दिखाती है जनादेश का अर्थ है जनादेश का अर्थ है जनादेश का जनादेश का अर्थ है जनादेश का अर्थ है जनादेश का और आप सभी लोग कैसे हैं आप लोग क्लास आजकल बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं कहा चले गए सारे लोग आप लोग ओके आगे लिखिए जनादेश का अर्थ है चुनाव में प्राप्त जनता का समर्थन चुनाव में प्राप्त जनता का समर्थन जनता का समर्थन जनता का समर्थन लोक प्रभुता स्थाई और अपरिवर्तनशील होती है लोक प्रभुता स्थाई और अपरिवर्तनशील होती है स्थाई और अपरिवर्तनशील होती है जबकि जनादेश अस्थाई और परिवर्तनशील होता है जबकि जनादेश जनादेश अस्थाई और परिवर्तनशील होता है अतः अतः मूल ढांचे का सिद्धांत अतः मूल ढांचे का सिद्धांत मूल ढांचे का सिद्धांत लोक प्रभुता के सिद्धांत का विरोधी नहीं है लोक प्रभुता के सिद्धांत का विरोधी नहीं है लोक प्रभुता के सिद्धांत के विरोधी नहीं है देखिए जहां इसमें बताया गया कि जो लोक प्रभुता है इसका अर्थ है जनता की सर्वोच्चता ओके इसकी सर्वोच्चता जो लोग हैं जनता है जनता की सर्वोच्चता सर्वोच्चता लेकिन आपको वहीं आपको देखने को मिलेगा जनादेश जनादेश जो आपको देखने को मिलेगी संसद क्या है जन जन के द्वारा चुनी गई है ना यानी कि जनादेश जिसके प्रभाष में होता है वो संसद में होगा अब जिसको जनता नहीं चुनेगी चुनाव में अपना मत नहीं देगी तो वो जनादेश कहलाएगा नहीं कहलाएगा तो देखिए ये आप अपरिवर्तनशील आपको देखने को मिलेगी और राजस्थाई देखने को मिली क्यों क्योंकि देखिए जैसे आज संसद के अंदर जो लोग हैं क्या बताइएगा हर बार वही होंगे अगली आ, अगली बार 2024 में जब इलेक्शन होगा क्या सभी वही लोग रहेंगे उसमें से कुछ लोग चले जाएंगे कुछ नए लोग आ जाएंगे सांसद बन बन करके आ जाएंगे आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है कि अगली बार यानी कि अगली से अगली बार में जब इलेक्शन हो, हो सकता है कि यहाँ पर लगभग सभी लोग रिप्लेस हो जाए कुछ को को छोड़ करके सभी लोग लगभग में रिप्लेस हो यानी कि जनता जिसको जिसको देती देती है जिसको मत देती है मत उसी को बोल बोलते हैं एक तरह से जनादेश जनादेश किसको रिप्रेजेंट करती है संसद को संसद को क्या प्राप्त तो होता है जनादेश प्राप्त तो होता है ओके ना कि आपको लोकप्रभुता आपको देखने को मिलेगी लोकप्रभुता से तात्पर्य है जनता की सर्वोच्चता की सबसे ऊपर कौन है जनता शासन कौन करेगी तो आप मतलब जनता शासन करेगी लेकिन आप तौर से शासन करेगी आपको देखने को मिलेगी लेकिन जनादेश का मतलब क्या है जनादेश का मतलब है चुनाव में प्राप्त चुनाव में प्राप्त जनता का समर्थन जनता का समर्थन समर्थन और ये समर्थन हट भी सकता है आज मोदी जी को समर्थन प्राप्त है हो सकता है जनता का समर्थन मोदी जी को अगली बार में प्राप्त ना हो तो क्या वो हमेशा रहेंगे नहीं रहेंगे इसीलिए क्या है ये आपको अस्थाई देखने को मिलेगा जनादेश क्या होता है अस्थाई होता है आज हम मोदी जी के ऊपर भरोसा करते हैं हो सकता है अगली बार हम योगी जी के ऊपर भरोसा करें या हो सकता है अगली बार हम केजरीवाल के ऊपर भरोसा करें या हो सकता है हम अगली बार जो आपको, आपको गांधी जी आपको देखने को मिलेंगे मतलब राहुल गांधी जी आपको देखने को मिलेंगे गांधी जी नहीं हो राहुल गांधी जी आपको देखने को मिलेंगे उनके ऊपर हम हो सकता है भरोसा करें तो जनादेश उनको प्राप्त हो जाएगा तो इसीलिए क्या होता है अस्थाई होता है आ अस्थायी होता है ओके और साथ में आपको देखने को मिलेगा एवं ये वो और परिवर्तन परसों भी रहेगी क्या जना जनता की सर्वोच्चता खत्म हो रही है कभी जनता की सर्वोच्चता नहीं खत्म होती जनता हमेशा ही इन प्रतिनिधियों को चुनेगी तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। जन्ता, जन्ता को तो इसीलिए देखिए यहां पर मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो इसके ऊपर रोक लगा रहे हैं या फिर संसद की शक्ति के ऊपर रोक लगा रहे हैं तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया है वो संसद के ऊपर लोग रोक लगा रहे हैं तो संसद है वो जनादेश को रिप्रेजेंट करती है ना कि लोक लोकप्रभुता के सिद्धांत को रिप्रेजेंट करती है तो लोकप्रभुता को तो वो प्रभावित ही नहीं कर रहे है ना प्रभावित किसको कर रहे हैं संसद को और संसद प्रभुता नहीं है बल्कि उसके पास में जनादेश आपको देखने को मिलेगा और जनादेश परिवर्तनशील होता है ये चीज आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से आपको क्या करना होता है जो आलोचनाएं की जाती हैं उनको काउंटर करना होता है और काउंटर तार्किक रूप से करना होता है आप लोगों के लिए चलिए हम लोग देख लेते हैं निष्कर्ष या हमारा मत हमारा मत या हमारा विचार ओके या मत या फिर आप लोग निष्कर्ष भी बोल सकते हैं जो भी आप लोग बोलना चाहें लिख लीजिए निष्कर्ष मूल ढांचे का सिद्धांत यहाँ पर आसुतोष कुमार बोलने हैं गुरुजी आप इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं अपना मूल्यवान समय देकर इतने लोग टाइम नहीं दे पाते गुरुजी आपको कैसा लगता है हमको तो देखिए अच्छा नहीं लगता है, है, तो, क्लास पर मत है, तीन है तो हम लोग ज्वाइन करने लगेंगे तो इसलिए आप लोगों से पूछा था कोई बात नहीं आप लोग ऑफलाइन कुछ लोग रिकॉर्डेड क्लास बाद में देख लेते हैं तो देखिए आप लोग लिखिए हमारा मत क्या होगा अब मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है इसको समाप्त कर देना चाहिए तो ये क्वेश्चन आता है तो आपका क्या मत होगा आपका मत होगा कि नहीं यार ये संसद की शक्ति पर रोक लगाता है इसको समाप्त कर देना चाहिए या फिर आपको देखने को मिलेगा मूल ढांचे के अंतर्गत न्यायालय को इतनी शक्ति दी जानी चाहिए कि वो जब चाहे तो संसद के ऊपर रोक लगा दे तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए यानी कि दोनों में हमें क्या करना है संतुलन स्थापित करना है तो कैसे हम अपना बेहतर आंसर लिखेंगे जिससे मीन्स में हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले तो हमारा जो निष्कर्ष होता है ना जो मत वाला पार्ट होता है या हमारे मत वाला जो पार्ट होता है या फिर जो निष्कर्ष वाला पार्ट होता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लिखी गई है उसमें, वाली बात है? उसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है ना इसमें डिपेंड करता है कि आपका मत कैसा है मार्क्स यहाँ से, से ज्यादा गेन होते तो चलिए लिखिए मूल ढांचे का सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से मूल ढांचे का सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से अनेक कमियों का शिकार है मूल ढांचे का सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से अनेक कमियों का शिकार है लेकिन लेकिन व्यवहार में इसने व्यवहार में इसने भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायता दी है लेकिन व्यवहार में इसने भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायता दी है सहायता दी है इसके द्वारा कानून का शासन इसके द्वारा कानून का शासन का कानून का शासन कानून का शासन कॉमा पंत निरपेक्षता कानून का शासन पंत निरपेक्षता कॉमा संविधान की सर्वोच्चता जैसी संविधान की सर्वोच्चता जैसी मूलभूत विशेषताओं को बनाए रखने में जैसी मूलभूत विशेषताओं को बनाए रखने में मूलभूत विशेषताओं को बनाए रखने में सहायता मिली है सहायता मिली है इसके कुछ नहीं नहीं इसके द्वारा संसद के इस तरह से लिखिए इसके द्वारा संसद के इसके द्वारा संसद के द्वारा इसके द्वारा संसद के द्वारा किए जाने वाले उन संशोधनों को संसद के द्वारा किए जाने वाले किए जाने वाले उन संशोधनों को रोकने में सहायता उन संशोधनों को रोकने में सहायता मिली है जो मिली है जो दलिये हितों से प्रेरित हैं जो दलिये हितों से प्रेरित हैं जो दलिये हितों से प्रेरित हैं अगर हम अगर हम मूल ढांचे की अगर हम मूल ढांचे की मूल ढांचे की सूची की सूची का ये अगर हम मूल ढांचे की सूची का, का परीक्षण करें तो मूल ढांचे की सूची का परीक्षण करें तो यह स्पष्ट होता है कि विद्वान यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विद्वान मत लिखिएगा इसको काट दीजिएगा इस तरह सेंटेंस थोड़ा बिगाड़ हो जाएगा कि है कि न्याय विदो न्याय विदो एवं न्यायाधीशों ने एवं न्यायाधीशों ने न्यायाधीशों ने न्यायाधीशों ने केवल ने केवल इन्हीं विषयों को शामिल किया है केवल इन्हीं विषयों को शामिल किया है जो इन्हीं विषयों को शामिल किया है जो देश व समाज के लिए देश व समाज के लिए चीरकालिक और सतत महत्व के लिए आवश्यक हैं चीरकालिक और सतत महत्व के लिए आवश्यक हैं सतत महत्व के लिए आवश्यक हैं देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए जो चीज हम नहीं पढ़ाए थे यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर पढ़ा देते हैं जैसे आप लोगों ने सुना होगा संविधान अभी हम संविधान की बात कर रहे थे संविधान के प्रकारों के बारे में थोड़ा सा आप लोग को पढ़ा देते कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए आपको भारत का संविधान है वो आपको लिखित और निर्मित संविधान देखने को मिलेगा आखिर निर्मित संविधान क्या होता है कुछ लोग इसको नहीं पकड़ पाते निर्मित संविधान क्या होता है आपको देखने को मिलेगा लिखित संविधान होता है अलिखित संविधान होता है निर्मित संविधान होता है विकसित संविधान होता है इसके अलावा कठोर और लचीला ये तो आप लोग जानते ही होंगे लेकिन निर्मित और विकसित संविधान में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो चलिए ये चीज आप लोगों को बता देते भारत का संविधान कैसा है ये पीटी में आप लोगों से पूछा जा सकता है तो पूछा जाएगा तो आप लोग बिल्कुल भी गलत तो मत कीजिएगा तो चलिए आपको देखने को मिलेगा जैसे यहां पर संविधानों का वर्गीकरण संविधानों का का वर्गीकरण वर्गीकरण ओके तो चलिए हम वर्गीकरण करके देखते हैं जैसे कि देखिए आपको संविधान का अगर हम वर्गीकरण करें तो आपको यहां पर समानता तीन रूपों में संविधान आपको देखने को मिलेंगे ओके एक आपको देखने को मिलेगा जैसे कि लिखित संविधान लिखित संविधान हम शॉर्ट में सिर्फ यहां पर साल लिख देते हैं आप लोग पूरा लिख लीजिएगा ओके हम शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि जगह कम है हमारे पास में लिखित संविधान एवं बम आलिखित संविधान आलिखित संविधान होता है इसी तरह से, से आपको देखने को मिलेगा जैसे कि निर्मित संविधान होता है निर्मित संविधान होता है एवं विकसित संविधान होता है विकसित संविधान होता है इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कठोर संविधान होता है कठोर संविधान होता है और आपको देखने को मिलेगा यहां पर लचीला संविधान लचीला संविधान होता है फ्लेक्सीबल संविधान आपको देखने को मिलेगा आखिर इसके उदाहरण कौन से हैं तो आपको बता देते हैं जैसे कि आपको यूएसए का संविधान यूएसए का संविधान है वो आपको लिखित संविधान देखने को मिलेगा साथ में निर्मित ए निर्मित लिख दिया यहाँ पर तालाइएगा एक सेकेंड यहाँ पर निर्मित संविधान क्या होता है निर्मित संविधान निर्मित संविधान आपको यूएसए का देखने को मिलेगा और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर यूएसए का संविधान कठोर है यानी कि यूएसए का संविधान है लिखित संविधान है निर्मित संविधान है और कठोर संविधान आपको देखने को मिलेगा लेकिन वहीं अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें किसके ब्रिटेन के संविधान ब्रिटेन के संविधान की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटेन का संविधान वो अलिखित संविधान है और साथ में उस वो विकसित संविधान आपको देखने को मिलेगा और साथ में लचीला संविधान आपको देखने को मिलेगा इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा और भारत का संविधान कैसा है तो भारत का संविधान आपको देखने को मिलेगा भारत का जो संविधान है वो कैसा है आपको लिखित देखने को मिलेगा लिखित संविधान है प्लस निर्मित संविधान है क्या है निर्मित संविधान है ओके लेकिन आखिर ये मतलब क्या होता है लिखित और निर्मित का ये तो बताया ही नहीं तो चलिए आपको लिखा देते हैं लिखिए नंबर एक डेफिनेशन लिख लीजिए नंबर एक लिखित संविधान लिखित संविधान ये पीटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो ये हम अभी है पीटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है लिखिए नंबर एक लिखित संविधान नंबर एक लिखित संविधान जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा लिखित लिखित दस्तावेज के रूप में लिखित दस्तावेज के रूप में पाया जाता है लिखित दस्तावेज के रूप में पाया जाता है उसे लिखित संविधान कहते हैं उसे लिखित संविधान कहते हैं दूसरा डालिए पॉइंट आलिखित संविधान दूसरा लिखिए आलिखित संविधान दूसरा पॉइंट लिखिए आलिखित संविधान लिखिए जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा आलिखित रूप में आलिखित रूप में अर्थार्थ राजनीतिक परंपराओं में पाया जाता है जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा आलिखित रूप में आ लिखित रूप में अथार्थ अथार्थ राजनीतिक परंपराओं के रूप में पाया जाता है राजनीतिक परंपराओं के रूप में पाया जाता है उसे उसे आलिखित संविधान कहते हैं उसे आलिखित संविधान कहते हैं तीसरा लिखिए निर्मित संविधान तो चलिए लिखित आलिखित तो हर कोई लगभग में जानता है लेकिन निर्मित संविधान क्या होता है तो लिखिए निर्मित संविधान जिस संविधान का निर्माण एक निश्चित समय पर जिस संविधान का निर्माण एक निश्चित समय पर निश्चित समय पर निश्चित समय पर संविधान सभा के द्वारा किया जाता है संविधान सभा के द्वारा किया जाता है संविधान सभा के द्वारा किया जाता है और जिसे एक निश्चित तिथि पर लागू किया जाता है और जिसे किसी निश्चित निश्चित मतलब एक डेट डिसाइड की जाती है उस डेट से उसको लागू किया जाता है एक निश्चित तिथि से लागू किया जाता है उसे निर्मित संविधान कहते हैं तो देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत में संविधान है वो लिखित रूप में है ना उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया कि संविधान सभा के द्वारा 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था उसी संविधान के द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसको बनाया गया था जैसे कि दो साल ग्यारह माह अठारह देखने को मिलेंगे और एक निश्चित डेट से लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू हुए और छब्बीस जनवरी उन्नीस को पूर्ण रूप से वो लागू हो गया तो एक निश्चित तिथि से लागू हुआ ना तो भारत का संविधान क्या लिखित भी है और निर्मित भी आपको देखने को मिलेगा ओके तो साथ में और साथ में कठोर और लचीलेपन का मिश्रण देखने को मिलेगा जैसे कि कल आपको पढ़ाए थे आगे लिखिए चौथा लिखिए विकसित संविधान विकसित संविधान आखिर किसे कहते हैं चौथा लिखिए विकसित संविधान विकसित संविधान विकसित संविधान जिस संविधान की उत्पत्ति जिस संविधान की उत्पत्ति ऐतिहासिक विकास के क्रम में जिस संविधान की उत्पत्ति जिस संविधान की उत्पत्ति जिस संविधान की उत्पत्ति ऐतिहासिक विकास के क्रम में में राजनीतिक परंपराओं के रूप में होती है राजनीतिक परंपराओं के रूप में होती है उसे विकसित संविधान कहते हैं उसे विकसित संविधान कहते हैं उसे विकसित संविधान कहते हैं विकसित संविधान कहते हैं पांचवा लिखिए कठोर संविधान पांचवा लिखिए कठोर संविधान जैसे कि यूएसए में अपनाया गया लिखिए जिस संविधान में संशोधन संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है जिस संविधान में संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है उसे उसे कठोर संविधान कहते हैं कठोर संविधान कहते हैं कठोर संविधान कहते हैं और लचीला संविधान भी इसी में लिख लीजिए वहीं, वहीं, इसके विपरीत वहीं, इसके विपरीत जिस संविधान में संशोधन प्रक्रिया को संशोधन प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया जाता है अत्यंत सरल बनाया जाता है अर्थार्थ अर्थार्थ साधारण बहुमत से साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है उस संविधान को लचीला संविधान कहते हैं उस संविधान को लचीला संविधान कहते हैं ओके नीचे नोट करके लिख लीजिए नीचे नोट करके लिख लीजिए भारत का संविधान भारत का संविधान संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है लिखित एवं निर्मित संविधान है संविधान है लेकिन इसमें लेकिन इसमें कठोर और लचीलेपन का मिश्रण कठोर और लचीलेपन का मिश्रण का मिश्रण देखने को मिलता है देखने को मिलता है अथार्थ भारतीय संविधान को अथार्थ भारतीय संविधान को ना ही अत्यंत कठोर लिख लीजिए ना ही अत्यंत कठोर ब्रैकेट में लिख लीजिए यूएसए की तरह यूएसए की तरह और ना ही अत्यंत लचीला ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रिटेन की तरह ना ही अत्यंत लचीला ब्रैकेट में ब्रिटेन लिख लीजिए ब्रैकेट में ब्रिटेन लिख लीजिए की तरह बनाया गया है ना ही कठोर संविधान ब्रैकेट में यूएसए एवं ना ही अत्यंत लचीला संविधान ब्रैकेट में ब्रिटेन बनाया गया है बल्कि बल्कि दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है साथ ही भारत का संविधान साथ ही भारत का संविधान विश्व का सबसे विशालतम सबसे विशालतम संविधान है भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान है ओके तो ये चीज होगी और आज का आपका लक्ष्य यहां पर ही फिन अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं और आज हम यूट्यूब पर एक आ, मतलब आप लोगों के लिए मतलब टाइमिंग के बारे में एक से मतलब वोटिंग करेंगे आप लोग सभी लोग प्लीज जाकर के वोटिंग जरूर करिएगा ओके तो देखिए और लोग भी हैं जिनको समस्याएं हैं वैसे देखिए छः बजे का समय ऐसा होता है हम भी मानते हैं इस बात को कि सभी लोग कोई मार्केट जाता है शाम को इस वक्त ज्यादा काम होता है तो जो खास करके जो महिलाएं हैं वो क्लास नहीं कर पाती हैं इस समय जो गर्ल्स हैं महिलाएं हैं तो वो लोग क्लास नहीं कर पा रही थी स्पेशली मैसेज आ रहे थे मतलब वैसे तो बहुत समय से आप लोग जानते हैं कि टाइम बदलने की बात की जा रही है लेकिन हम नहीं कर रहे थे बहुत दिनों से कि मौसम दोपहर में बहुत ज्यादा गर्म रहता है इस वजह से लेकिन आप लोग अब मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया तो हमने सोचा चलो आप लोगों से पूछ लेंगे अगर होगा तो कर दिया जाएगा कोई समस्या वाली बात नहीं है और आप लोगों के लिए थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा जिससे और लोग भी जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं शाम को अन्य कारणों की वजह से वो भी क्लास ज्वाइन कर ले आप लोग थोड़ा सा टाइम टेबल में अगर सुधार करना चाहें तो थोड़ा सा कर लीजिएगा उस टाइम आप क्लास कर लीजिएगा इस टाइम थोड़ा सा पढ़ने का शेड्यूल बना लीजिएगा प्लीज ये थोड़ा सा हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से लेकिन अगर देखिए अगर वोटिंग ज्यादा आती है तो क्लास तीन बजे कर दिया जाएगा अन्यथा यही क्लास का टाइम रहेगा ओके तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है हम सभी के बारे में सोचते हैं ऐसा नहीं है सिर्फ एक के बारे में हम सोचे तो थोड़ा सा देखना पड़ता है सभी के बारे में ओके तो आप भी हमारी थोड़ी सी समस्या समझिएगा कि हम जान बी बजे नहीं करना चाहते वैसे तो हम पूरे दिन ही खाली रहते हैं हम तो किसी भी वक्त पढ़ा सकते हैं इस समय हम कभी भी आप पढ़ा सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है यहाँ पर देखिये आठ बजे वो लोग खाना बनाते खाते खाते है ना तो इस वजह से देर हो जाती है ये समय है ना शाम का जो आपको छह बजे से लेकर के लगभग नौ दस बजे तक का समय होता है ना तो यहाँ पर लोग बिजी रहते हैं फिर 10 बजे के बाद फ्री हो पाते हैं या फिर 6 बजे से पहले तक फ्री रहते हैं तो ये समस्या है 9 से 10 के बीच में वरना कोई समस्या है नहीं है हम लोग तो वो भी टाइम मैनेज कर सकते हैं हम आपको 8 बजे भी पढ़ा सकते हैं 9 बजे भी पढ़ा सकते हैं 10 बजे पढ़ा सकते हैं हम तो किसी भी समय पढ़ा सकते हैं देखिये सुमन बोल रहे हैं आपके बारे में बोल रहे हैं तो देखिये आपके बारे में भी थोड़ा सा बोल रहे तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ओके तो आप लोग तो काफी समझदार हैं तो आप लोग तो समझ जाएंगे कोई बात नहीं है ओके तो चलिए पवन बोले हैं रात को दस बजे रख लीजिए तो ठीक है देखिए हम उसमें तीन समय देंगे एक आपको तीन बजे का समय देंगे एक छह बजे का देंगे और एक दस बजे का देंगे ठीक है आप लोग सभी लोग खुश हैं तो चलिए अब हम यहाँ पर ही क्लास को ओबर करते हैं आप लोग परेशान मत होइएगा ओके ठीक है तो चलिए इस क्लास को यहाँ पर ही ओभर करते हैं और आप लोग अच्छे से जाइएगा परेशान मत होइएगा ओके गुड नाइट ओके okay, ठीक है तो चलिए ठीक है, है आप लोगों के लिए अच्छा कोई क्लास जो आज की करी करी है मतलब कराइए आप लोगों के लिए इसमें कोई डाउट तो नहीं है वरना बातों बातों में आप लोगों के जो डाउट्स हो वो हम पूछे ही ना तो डाउट बता दीजिए अगर कोई भी हो तो क्लियर कर दिया जाएगा अन्यथा हम लोग क्लास को ओवर कर देंगे आज थोड़ा सा जल्दी क्लास को ओवर किया जा रहा है क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया तो अब आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बीच में वो खत्म हो जाएगा तो इस वजह से क्लास को यहाँ पर ही ओवर किया जा रहा है ओके तो अगर कोई डाउट uh, हो आप लोगों को वैसे देखिए आप आपको क्वेश्चन भी लिखा देते हैं मतलब आपको बता देते हैं इस तरह से आंसर में डायरेक्ट जाकर के छापाई ये कोई समस्या वाली बात नहीं है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो मींस की आंसर राइटिंग को लेकर के ज्यादा दबाव नहीं देना है बस हाँ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मीन्स है कोई आपको कितना भी कंटेंट दे दे तब तक वो यूजफुल और आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉपी को बुक को बंद करके आप जब घड़ी को सामने रख करके जब आप लिखेंगे तो आप ऑन टाइम पर अगर आप क्वेश्चन है और उसी के अनुरूप क्वेश्चन काउट नहीं है ओके okay? और लोग भी बता दीजिए कोई डाउट है तो हम डाउट क्लियर कर देंगे हम लोग चलते हैं कल भी मिलते हैं छह बजे ओके आप लोगों से तो चलिए हमें लगता है डाउट नहीं है आप लोगों के तो क्लास को यहाँ पर ऊबर कर दिया जाता है जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है ये इस क्लास को लाइक जरूर कर दें